दोस्तों एक कंपनी का मालिक बहुत परेशान था क्योंकि उस कंपनी के पैक किए गए डिब्बे खाली निकल रहे थे और अब उन्हें एक ऐसी मशीन खरीदनी थी जो उन खाली डिब्बों को अलग निकाल सके लेकिन वो मशीन बहुत महंगी थी और उस कंपनी का इतना बजट भी नहीं था कि उस मशीन को खरीद सके अभी कंपनी का एक वर्कर गजब का दिमाग लगाता है वो एक पंखे को लेता है और कन्वेयर बेल्ट के पास लगा देता है पंखे की हवा खाली डिब्बों को एक तरफ धकेल देती है और भरे डिब्बे आगे चले जाते हैं दोस्तों क्या यहां पर रुई की बारिश हुई है जिससे पूरे का पूरा शहर भर चुका है आपको बता दे ये रुई नहीं बल्कि झाग है ये अजीब सा मंजर ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में देखा गया था जब झाग वहां की गलियों बीचे और शहरों तक फैल गया था लेकिन इतना सारा झाग कहां से आया दरअसल दोस्तों ये झाग समुद्र में मौजूद इम्प्योटीज और बैक्टीरिया ऐसी बना था जो लहरों और हवा के साथ बहकर पूरे शहर में फैल गया दोस्तों क्या आपने कभी शाकाहारी मीट खाया है आपका रिएक्शन होगा भाई जो शाकाहारी है उसमें मीट कहा से घुस गया तो ध्यान लगाकर सुनिए आज आप देखने जा रहे हो भविष्य का मीट जिसे बनाने के लिए किसी भी बेकसूर जानवर को मारा नहीं जाता इस मीट का नाम है कल्चर्ड मीट इसे बनाने के लिए किसी भी जानवर का छोटा सा मीट का टुकड़ा लिया जाता है फिर उसे न्यूट्रिशनल लिक्विड में डाला जाता है फिर बायोरिएक्टर में जाता है वह मास्क का छोटा सा टुकड़ा मल्टीपल और ग्रो होकर बड़ा मसल का रूप ले, ले लेता है दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी आइसक्रीम के बारे में सुना है जिसे फ्रीजर ऐसी बाहर निकालने के बाद भी पिघलती नहीं है यह टर्किस आइसक्रीम अपने लाजवाब टेस्ट और बारह तेरह घंटे ना पिगलने की क्वालिटी के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है यह टर्किसक्रीम ऐसी टेक्निक से बनाई गई है जो हीट के कॉन्टेक्ट में आते ही अपने आसपास के प्रेशर को कम कर देती है और अपने चारों तरफ एक केमिकल की लेयर बना देती है जिस लेयर को हीट नहीं तोड़ पा दोस्तों हमारा इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए स्कोनजर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं छोटे एनिमल ऐसी लेकर शेर और इंसेप्ट ऐसी लेकर माइक्रो जो भी गले सड़े मार्स को ठिकाने लगाता यानी डिकम्पोज करता है उन सभी को स्कोजर कहते हैं लेकिन क्या अपने कभी अंडर वाटर सुना है, समुद्र में बहुत से छोटे बड़े जीव मरते रहते हैं और इन सभी एनिमल्स की डेड बॉडी से समुद्र को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रकृति ने बहुत सारी चीज और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाए